ये चाचा ये बहुत चेचा किधर जा रहा है के लोड़े, Wait a minute. मिली है फलेर अब मैं जाके चलाऊँगा अभी मेरा दुनिया को मारूंगा क्या बात है अब आएगा मज़ा अब बस क्या बताऊँ मैं इसको डूटने के बाद ऐसा कि तैसी, तैसी करने वाला हूँ सबकी अरे एक बारी बस ये लुली सूट और पहन लू मैं लुली सूट कितना मस्त लग रहा है ये लुली सूट मैंने पहन लिया अब आएगा मज़ा बता सकता है यार मुझे कितनी खुशी हो रही है मुझे पहली बार इतना मस्त ड्रॉप मिला है बस क्या बताऊं इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो अब की बार तो कुछ भी हो जाए मैं मरने वाला हूँ कोई भी तूफान आ जाए कोई भी आंधी आ जाए मैं नहीं मरने वाला देखते हैं कौन मारता है मादर चौथ भौसड़ी वाले गजब बेच है